तो रुको रुको रुको रुको रुको जा जाकर रहे हो पूरी वीडियो तो देखो यहाँ पर गई एक प्लेयर रहते और यहाँ पर है मेरे 18 किल तो देखते हैं गई अब क्या होता है तो भाई यहाँ पर हम हम यहाँ पर एक प्लेयर रह गए इसको वन टाइप से मारने की दिखा दिखा दिखा, दिखा आ जा बंदा यहाँ पर केल हो चुका है यहाँ पर देखो गई देखते हैं कितने पर तो हैं। है, 19 ज और वीडियो वीडियो को को लाइक चैनल सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन कॉल पर अच्छा जरूर से कर देना